सिंगरौली में सड़क सुरक्षा नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले के कलेक्टर एसपी सड़क पर उतरे जहां शहर में पैदल मार्च कर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने और नशा करके वाहन न चलाने का संदेश दिया है। इस दौरान रैली में समाजसेवी और व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे सिंगरौली में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशन में जिले भर में सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति अभियान के तहत रैली निकाली गई इस रैली के माध्यम से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से कहा कि चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग तो कर नशा करके वाहन ना चलाए इस बात को लेकर के जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना नगर निगम आयुक्त पवन सिंह पुलिस कर्मचारी सहित शहर के व्यापारियों ने सड़क पर पैदल चलकर यह सराहनीय संदेश दिया चर्चा कि आप तुम्हें तो बताते हैं दो महत्वपूर्ण जीवन रक्षक कार्य हैं एक तो जो हमारा यातायात के नियमों का पालन करें उसके लिए जो भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि सभी जो कोई बहियावान चलने वाले पर चलने वाले जितने भी हमारे जो राही हैं वो हमेशा अपना हेलमेट धारण करें और भी अन्य प्रकार के जो यातायात के नियम हैं पालन करें